सभी जिंदा है सिद्धारमैया जी डीके शिवकुमार जी के नेतृत्व में संघीय ढांचे का उल्लंघन जो महाराष्ट्र द्वारा किया जा रहा है उसके खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री वापस ना आए कर्नाटक अमित शाह जी वापस मत आइयेगा कर्नाटक या तो शिंडे को बर्खास्त करिए और इधर बोम्बई जी का इस्तीफा लीजिए और नहीं तो कर्नाटक मत आइएगा चुनाव का प्रचार करने क्योंकि कर्नाटक के लोग आपको माफ नहीं करेंगे फेडरलिज्म संघीय ढांचा जो इस देश में है उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की नाजायज सरकार ने क्योंकि वो वोट से चुनी हुई सरकार नहीं वो भगोड़ों को इकट्ठा करके बनाई हुई शिंदे सरकार है तो भाजपा की भगोड़ी महाराष्ट्र सरकार ने अपनी एक स्कीम कर्नाटक के 500 और 600 गांव के अंदर लागू कर दी और चुरानवे करोड़ रुपया अपटिक भी कर दिए हम ये सवाल पूछते हैं मोदी जी और अमित शाह जी से क्या आप इस देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं कल को हरियाणा पंजाब में स्कीम लागू कर देगा पंजाब और हरियाणा दिल्ली के अंदर अपनी स्कीम लागू कर देंगे पंजाब हरियाणा और दिल्ली उत्तर प्रदेश में लागू कर देंगे उत्तर प्रदेश बिहार में लागू कर देगा बिहार आगे उड़ीसा में लागू कर देगा आप इस देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं आप प्रांतों का टकराव करवाना चाहते हैं पहले भी मोदी जी और अमित शाह जी की नाक के नीचे असम की पुलिस ने और अरुणाचल की पुलिस का इसी प्रकार से टकराव हुआ जिसमें सिविलियंस मारे गए बाकायदा एक प्रांत की दूसरे प्रांत की फायरिंग हुई और छह आठ महीने तक एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में नहीं जा पाए जैसे ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान हो